फूलों से निकले गोविंद लाल कमल फूलों से निकले गोविंद लाल कमल फूलों से निकले गोविंद लाल कमल गोविंद लाल ला ना कमल फूलों से निकले गोविंद ला कमल फूलों से निकल गोविंद लाल ना तो ला ला उनके पापा जी लाय के पापा जिलाए सुन के पालना उनके माम झूलाए झूलो लाला उनके रे ला के माम झूलाए झूलो लाल ना कमल से निकले चाचा जी लाए सोने के पालना उनके चाचा जी लाए सोने के पालना उनके चाची झुलाए झूलोरे लाल उनके चाची झुलाए जी लाए सोने के पालना उनके मामा जी लाए सोने के पालना उनके मामा जी लाए सोने के पालना उनकी मामी झुलाए झूलोर लाल ला ला। कम I'm gonna.